शांति, एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक वरदानों की वर्षा मिली सर्व की शक्ति मिली जीवन जीने का कला मिला और क्या चाहिए मीठे बच्चे कहकर मीठे बच्चे कहकर ज्ञान रत्तों से झोली भराई, नमस्ते कहकर सम्मान दिया रोज रोज मीठी मीठी टोली खिलाई और क्या चाहिए अब भक्तों को भगवान मिला बच्चों को बाप मिला गोप गोपियों को गोविंद मिला गोपाल मिला और क्या चाहिए परमात्मा बाप मिला परमात्म पढ़ाई मिले परमात्म श्रृंगार मिला परमधाम घर मिला परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिली और क्या चाहिए डायरेक्ट परमात्मा पिता की पहली रचना ब्रह्मा मुख वंशावली धवल पूजा के अधिकारी सर्व सुखों के अधिकारी सर्व संबंधों के अधिकारी सर्व प्राप्तियों के अधिकारी भविष्य राज अधिकारी बने हैं और क्या चाहिए पूछो अपने से कौन मिला है क्या क्या मिला है और क्या मिलना है प्रभु की पवित्र पालना में पल रहे हैं सुखों के झूले में झूल रहे हैं और क्या चाहिए भगवान के अंधकरण को जाना अपने चौरासी जन्मों को जाना भगवान के, को जाना। को जाना। के अंत को जाना अपने चौरासी जन्मों को जाना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना सर्वधर्म आत्माओं के पाठ को जाना हम कितने हम कितने पदमा पद्म भाग्यशाली हैं, और क्या चाहिए ओम शांति